जैसे ही एफ आई दर्द होता है पुलिस का काउंटाउन शुरू हो जाता है इसमें पुलिस को जिसपे भी शक होता है उसे उठाती है अब पुलिस किसी को भी उठा सकती है शक के आधार पे इसमें पुलिस का पूरा राइट होता है लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा वो अपने पास नहीं रख सकती और मारना तो बहुत दूर की बात है गाली तक नहीं दे सकती एक गैरकानूनी माना जाता है फिर उसने मर्डर तक क्यों ना कर रखा हो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान लोगों को उठाती है तो तीन केस होते हैं एक जिसने क्राइम किया है उसको उठाती है दूसरा आपकी किसी के साथ दुश्मनी है और उसने सबके साथ साथ आपका भी नाम डाल दिया है कंप्लेंट में और तीसरा होता है पुलिस को शक है आप पे लेकिन आपने क्राइम किया नहीं देखिए इन तीनों में से केस कोई भी हो सकता है लेकिन जब भी पुलिस आपको अरेस्ट करती है या उठाती है तो उसको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं ऐसे ही किसी को नहीं उठा सकती पहली चीज़ जो भी पुलिस ऑफिसर यूनिफॉर्म में होना चाहिए विध नेम प्लेट एंड बैच और जब भी वो आपको अरेस्ट करेगी तो एक अरेस्ट मेमो होता है जिसमें डेट टाइम जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसका नाम रीज़न होता है कि क्यों अरेस्ट किया जा रहा है और एक विटनेस के साइन होते हैं और कोई भी हो सकता है आपके घर वाले हो सकते हैं या आपका कोई लॉयर हो सकता है या आपका कोई पहचान वाला भी हो सकता है और कहीं बाहर से उठा रही है आपको तो 12 घंटे के अंदर आपके घर वालों को या आपके किसी करीबी को इन्फॉर्म करना होता है और इस पूरे प्रोसेस में पुलिस वाला कहीं पर भी आपके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता गाली तक नहीं दे सकता एक इलीगल काम है अगर वो ऐसा करता है तो आप पुलिस वाले के ऊपर भी एफ कर सकते हैं अब आप बोलोगे पुलिस वाले आते हैं प्रोसेस तो कोई फॉलो नहीं करता और हम इसमें क्या ही कर लेंगे देखिए इस केस में फ़िलहाल के लिए पुलिस वाले जो कह रहे हैं उनकी बात आप मान लो और जैसे ही आप वहाँ से निकलते हैं उसके बाद आप एक्शन ले सकते हैं तो करना क्या है आपको पहले तो आप डीआईजी आई को आप कंप्लेंट कर सकते हैं अब आप, आप बोलोगे पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस के खिलाफ ही कम्प्लेंट ये हमसे ना हो पाएगा देखिये अगर आपको पुलिस स्टेशन नहीं जाना है तो आप स्पीड पोस्ट के थ्रू भी कम्प्लेंट कर सकते हैं डी को या एस को और आप रिसिप्ट अपने पास रखिए एज अ प्रूफ और उसके बाद आपको एक एक कंप्लेंट पीसीए पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में करनी है और अगर इन सारी चीज़ों से भी आपका काम नहीं हो रहा है आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो अपने लॉयर से बात करिए और सारी कंप्लेंट की प्रूफ है इसको लेके कोर्ट से एफआईआर करिए उस पुलिस वाले पर जिसने आप पे हाथ उठाया है एक बार एफ हो गई तो एक बात आप नोट कर लें कि वो पुलिस वाला आपके आगे पीछे दिखेगा आपसे माफ़ी मांगने के लिए क्योंकि ये उसके जॉब का सवाल है शेयर करना इस वीडियो को सबके साथ क्योंकि कुछ लोगों को तो ये तक नहीं मालूम कि अगर पुलिस घर से उठा रही है या अपने पावर का गलत फ़ायदा उठा रही है तो क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं